कई जीत बाकी है कई हार बाकी है अभी तो जिंदगी का सार बाकी है यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए या तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है दोस्तों सपना ड्रीम एक खूबसूरत एहसास सबका होता है दुनिया का हर कोई इंसान अपनी जिंदगी में सपना देखता है और उस देखे हुए सपने को हकीकत में लाने की चाह रखता है दोस्तों सपना हर कोई देख सकता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि तू तो गरीब है तुझे सपने देखने का हक नहीं है सपना सिर्फ अमीर लोग ही देखें ऐसा भी कुछ नहीं है अमीर हो या गरीब छोटा हो या बड़ा हर कोई सपना देख सकता है सपना हैसियत के हिसाब से नहीं देखा जाता बल्कि हैसियत को बदलने के लिए सपने देखे जाते हैं दोस्तों याद रखिए ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर इन सब बातों से आपके दिल में थोड़ी सी भी आग लगी हो तो आज और अभी से लक्ष्य प्राप्ति के लिए जुट जाइए धन्यवाद जल्दी एक अगली वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद